<laughs> <laughs> <laughs> यह है एप्रिकोट पेस्ट लाइक एप्रिकोट जैम टेस्ट में थोड़ा हल्का सा इकट्ठा रहेगा जहाँ की बहुत सारी मूवी शूट हो चुके हैं यहाँ पर बहुत सारे मेरे सामने तो अभी दो मूवी शूट हुआ था जब भी मेट हुआ था और एक दूसरा मूवी था वो शूट हुआ मेरे सामने तो ये पॉइंट इतना अच्छा है कि हॉलीवुड वगैरह जो भी आग... मूवी तो आप, यह आप और यहाँ से जो भी मिलता है बहुत ही खूबसूरत हाँ डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ये तो उस टाइम का ना राजा महाराजा टाइम का ये अपना ये टॉप दिखाई दे रहा है ना चंद्रखानी पास चांस से आप मलाना ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से दो दिन का ट्रैक है अच्छा ये वाला चंद्रखानी पास हाँ चंद्रखानी टॉप है तो यहाँ से आप स्टे एक नाइट स्टे आप चंद्रखानी टॉप में कर सकते हो चंद्रखानी दूसरे दिन आप मलाना विलेज जो आप वापिस ऊपर वाला मलाना है जो बिलेज है मैंने से से से कम 100 बार ट्राई किया बार या, से कितना टाइम लगता होगा तो मैं ए, अगर मैं अगर पहुँचा देता हूँ ये तो बहुत बड़ी बाल <laughs> हो सही में, हो हो हो गए गए गए सही ख़राब देख देख सकते सकते हैं हैं आप मेरे बालों का डिज़ाइन कैसे मिस्टर बांगडू बांगडू फ़ोन संग ये हेलमेट जब लगाया ना उसकी वजह से पूरे ऐसा भी ऐसा गया फोटोज़ भी लग रहा है कि सिर के ऊपर कुछ फूल लगा है की तरफे बैठे हम लोग बिना बिना है या या फ़ेमस नगर नगर नगर ना कैसल कैसल सामने आ, या आप सामने देख सकते हैं और उसके बिल्कुल सामने आपको ये आपको जो कैफ़े मिलेगा और हम लोग अभी बाहर बालकनी में बैठे तो और बार अंदर अंदर भी बैठने को है ऐसे ऐसे ऐसे है क्या करो ऐसे भाई इसको बहुत टेस्टी बने बहुत टेस्टी है बहुत मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है आपको भाई ये बहुत मजा आ रहा है मजा आ रहा ऐसे है सुखड़ा का ऑयल धो लियो तब भी खुश हो गए तो चटनी ले लो होममेड चटनी है होममेड चटनी भी है भाई ये वाह बेहतरीन है डरी नाइस साथ है हाँ बीना भोजनालय के ओनर वीना दीदी तो हम अभी हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया तो बहुत ही टेस्टी बनाया था इन्होंने तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है और क्या क्या बनाते हैं यहाँ दीदी नमस्कार सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में तो बताइए यहाँ क्या क्या है आपके यहाँ क्या क्या बनता है हमारे यहाँ शेड्यू बनता है और क्या होम पास्ता चिपन पास्ता बनता है सब लोग लाइक करते हैं तो सबसे जो बेस्ट चीज क्या बनती है आप देख सकते है कै कितना ही खूबसूरत कैफे है और यहाँ अंदर का व्यू ऐसा है और साथ में बाहर देख सकते हैं आप बालकनी है तो यहाँ से भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ हमारे यहाँ पर तेरह साल हो गए तेरह सालों से काम कर रहे तो इनका तेरह साल पुराना काम है यहाँ तो और कौन कौन लोग होते हैं आपके साथ हम तीन चार लोग होते हैं चार लोग चंद्र भाई भी और बहुत अच्छे शेफ है भी <laughs> तो so गाइज़ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ या आपको मैं बताने जा रहा हूँ उद्यानम इसमें जो मिलेंगे आपको हिमाचल के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक चीज़ें जो बनी होती है तो उससे बने वो प्रोडक्ट मिलेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और यहाँ यहाँ जो कैसल है ना कैसल के बिल्कुल साथ में ये शॉप है इनकी तो इस यहाँ हम जानेंगे कुछ क्या क्या प्रोडक्ट है तो यहाँ की जो ऑनर है उनसे हम बात करेंगे नमस्कार जी क्या नाम है आपका अनिता तो अनीता जी से हम जानेंगे कि क्या क्या है यहाँ तो बताइए आप क्या, क्या क्या आपके पास क्या क्या मिलता है हाँ मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ <laughs> हमारे पास टीज़ है सबसे ज़्यादा तो जो हमारे सेल में है वो सबसे ज़्यादा है रोडो एंड बेजिल और रोडो एंड मिंट जो सबसे ज़्यादा सेल में है बाकी सब प्रोडक्ट तो सब ऑर्गेनिक है जो भी है आ, ये है एप्रीकोट पेस्ट लाइक एप्रीकोट जैम टेस्ट में थोड़ा हल्का सा इकट्ठा रहेगा ब्रेड में लगा के इसको खा सकते हैं बाकी ये है रोडो एंड धनी जूस ये भी रोडो डेंड्र क्रश है पर इसमें पानी ऐड होता है इसमें नहीं हो गया है पानी टोटल तो ये ये टोटल तो और दो ये दो है आ, टोटल एच पी की है ये कश्मीरी अखरोट को छोड़ के टोटल है। अक्रोड भी है। हाँ। कौन से वाले? ये वाले ये वाले कश्मीरी अखरोट है रेड राइस। तो क्या ये और ये टू फिफ्टी लोकल राइस ये वन के जी का है बाकी ये हैड क्रीम विंटर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ये है रोजिप एंड सीड ऑइल ये फेस है सर्कल के लिए काफी सही अभी तो थोड़ी देर पहले ना दो टूरिस्ट आए थे वो हाँ, वो। इसको लेके। तो इसके अलावा और क्या-क्या चीजें आपके पास? प्राइस भी आपने साथ यहाँ अगर है। म, प्राइस तो फिक्स है अगर ज्यादा कुछ सेल होता है तो फिर मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं इसके अलावा इस वाले हाँ ये टोटल टीज़ है ये टीज है ये हिमालय सॉल्ट है ये है 100 रुपीस का एंड ये 180 का है आ, स्टिंगिंग मेटल लेमन टी और यहाँ पे हमारे पिकल्स है आ, 200 सौ तक ये उससे महंगे तो नहीं है तो इसके अलावा ये इसके ये भी टीज़ है ये आ, गिफ्ट पैक है इसमें टोटल वाइटीज़ होगी मैं आपको दिखाती हूँ जैसे इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स हैं जो भी है आप देख सकते हो मैंगो ग्रीन मिन्टी ये पूरा डब्बा कितने का रहता है आ, ये पूरा जो डब्बा है ये है फाइव फिफ्टी और 60 टीज है इसमें टी बैग्स है और ये भी है गिफ्ट पैग ये है 320 का इसमें 30 टी बैग्स है ये भी सेम ऐसा ही है कितने का प्राप्त आपने ये वाला बॉक्स है ये थ्री ट्वेंटी का है इसमें 30 टी बैग्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स हैं, और ये हमारा चॉकलेट और इसके अलावा क्या आपके पास चॉकलेट्स हिमालयन चॉकलेट्स से भी के हैं हाँ, चॉकलेट ये लोकल टोटल लोग हिमाचल का ही है जितना भी टोटल हिमाचल का जी इसके ना ये, आ, ये हाँ, कश्मीरी अखरोट के सिवाय टोटल यहीं का प्रोडक्ट है जितना भी तो आप आ सकते हैं इनकी शॉप मैंने आपको बता दी कैसे तो उसके साथ मेरा शॉप है आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से जो है हिमाचली प्रोडक्ट ले सकते हैं ऑर्गेनिक फुली ऑर्गेनिक है ना सारे टोटल टोटल प्योर ऑर्गेनिक तो, तो, तो, तो, तो थैंक यू